हम इस वीडियो में सारे जान से अच्छा बजाएंगे ये किसी ने कमेंट में लिखा था इसलिए मैंने बजाया। इस पे ये वाला पॉइंट आउट करना है। इस इस इस इस इस पे पे, पे, पे, पे, करेंगे, फिर फिर फिर फिर फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स पार्ट ये है इससे अंतरा सीख अंतरा सीखने से पहले एक और दो लाइन और है। तो अब हम, अब हम, हम क्या करेंगे अब हम अंतरा पे जाएंगे इससे शुरू तक। आपको इसको बुझे हुआ देखिए मैंने क्या कहा अब इसे। इसको भी आपको छाइम्स बजाना है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अब मैं आपको नोटिफिकेशन ये इसके पार्ट टू बजाने जा रहा हूँ तो पार्ट जो पहले मैंने वीडियो बनाया था वो था पार्ट वन तो आपको कैसा लगा तो हम पार्ट टू पे की बात करते हैं वो है कुछ इस तरह तो आप इधर से भी बजा सकते हैं दो ट्रिक हैं इसकी तो मैं इसी से बजाऊंगा तो अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ नोटिफिकेशन्स सब देखिए नोटिफिकेशन्स हाथों हातो, हाथों में बिजली पैरों में में हवा शक्ति का पुतला है शिवा शिवा अभी इधर बजाइए हाथों में बिजली पैरों में हवा शक्ति का पुतला है शिवा शिवा तो ये था पार्ट वन आप नोटिफिकेशंस देखें नीचे पहले मैं आपको हाथों हातो, हाथों में बिजली ये मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूँ देखिए आप हाथों में बिजली देखिए अब पैरों में हवा पैरों में हवा शक्ति का पुतला है शिवा शिवा तो ये था पार्ट टू अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को टू तो एवरीवन थैंक यू सो मच